हेलो दोस्तों मैं हूं रविश और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा फायरबोल्टॉक टू ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग ए आई असिस्टेंट जैसे काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं वॉच के बारे में जानेंगे कम्प्लीट डिटेल्स तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू कर लेते अपनी इस वीडियो को तो दोस्तों ये है फायरबोल टॉप 2 जिसकी अगर हम स्क्रीन की बात की जाए डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको इसमें 1.28 पॉइंट की स्क्रीन मिल जाती है 59 नाइन ग्राम्स आपको वॉच का वेट मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है वॉच की साइड्स में मेटल का यूज़ किया गया है जिससे कि वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है इसमें आपको सिक्सटी प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है कबड्डी वॉलीबॉल वाल, खो खो रनिंग वॉकिंग एक्सेट्रा और इसमें सौ से भी ज़्यादा वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं तो जो भी आपको पसंद हो वही आप रख सकते हो राइट साइड स्लाइड करोगे तो वहाँ पर आपको शो होगा कि आप कितना चल चुके हो कितना सो चुके हो और राइट right की तरफ स्लाइड करोगे तो वहाँ पर आपको हार्ट रेट शो होगा ऑक्सीजन लेवल शो होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एकूरेट है वॉच की प्राइसिंग के हिसाब से फिर आपको इसमें मिल जाता है कॉलिंग के ऑप्शन जैसे कि आप इसमें डायल भी कर सकते हो और रिसेंट जो आपने कॉल की है उसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और कॉन्टैक्ट इसमें सेव हो सकते हैं टेन कॉन्टैक्ट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है सेव करने की तो जो टेन कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपने फ़ोन से वॉच में अपलोड किए हैं उन्हें आप कॉल कर सकते हो बिना फ़ोन को यूज़ किए लेकिन आपको इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करना होगा क्योंकि इसमें कोई सिम वगैरह नहीं लगती फिर आता है म्यूज़िक प्लेयर जिसमें आपको वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है अब आप वॉच का यूज़ गाने सुनने के लिए तो नहीं करोगे लेकिन अगर आप कॉल वगैरह करते हो तो साउंड एकदम क्लियर है बाकी जो म्यूजिक की साउंड है एक बार आप खुद ही सुन लो तो ये थी रूम के अंदर की साउंड अब बाहर जाके चेक करते हैं कि कितनी लिस्नेबल ये साउंड रहने वाली है तो इतनी अच्छी भी नहीं है इस क्वालिटी साउंड क्वालिटी लेकिन अगर आप बात करो साउंड की तो काफ़ी लाउड है आप सुन सकते हो आराम से म्यूज़िक को आप इसमें वेदर भी चेक कर सकते हो जिसमें आपको फ़ोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप काफ़ी कुछ काम जो है अपने वॉच से ही कर सकते हो तो गाइज ये है कैमरा शटर एक तरह से कैमरा रिमोट का ही काम करता है आप इससे फोटोज को अपनी स्मार्ट वॉच में तो नहीं ले सकते लेकिन अपने फोन में ले सकते हो फिर चाहे आपका फोन लॉक है या फिर अनलॉक आप किसी भी टाइम अपने फोन में फोटोज क्लिक कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू और ये फंक्शन आपकी मेडिटेशन वगैरह करने में हेल्प करें अगर आप अपनी वॉच में नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन मिल जाएंगे जिनमें से कि एक है सेटिंग सेटिंग पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्टॉप वॉच अलार्मर एक्सेट्रा यहाँ से आप वॉच को वाइब्रेशन मोड पर रख सकते हो और हटा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग वाइब्रेशन मोड पर थोड़ी सी जो है बैटरी आपको ज़्यादा कंज्यूम होगी इसमें आपको इसमें फ्लैशलाइट का भी ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसमें कोई आपको फ्लैश नहीं मिलती इसमें बेसिकली आपकी ब्राइटनेस फुल हो जाती है और वाइड स्क्रीन चल पड़ती है इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ़ाइन डिवाइस का है इससे आप अपने फ़ोन को ढूँढ सकते हो आपका फ़ोन साउंड करेगा अगर आपको फ़ोन वॉच के साथ कनेक्ट है तो अब अगर आप फ़ोन को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर इसमें सारी नोटिफिकेशन शो होने वाली है जो कि आपके फ़ोन में आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ मुझे इसमें लगी है तो इसमें आपको दो गेम्स भी मिल जाती है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है वॉच के साथ आपको इसमें केबल मिल जाती है चार्जिंग केबल जो कि पोगोपिन वाली है अडप्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा आपको अलग से लेना पड़ेगा वॉच को फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो आई बटन में ऊपर वीडियो आ रही होगी वहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप अपनी वॉच को फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे अगर आप ढाई हजार से नीचे वॉच ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इस की तरफ आप जा सकते हो अच्छी वॉच है वैल्यू फॉर मनी है बाकी वॉच आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर लेना इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग